हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपरफाइन टेक्निकल में दोस्तों आज हम बात करेंगे मेगा आई पी एल ऑप्शन कहाँ पर देखें दरअसल जनवरी के पहले सप्ताह में मेगा आई पी ऑप्शन का आयोजन किया जाना है तो कुछ लोगों को नहीं पता है तो हम कहां देखना है वो आप डी स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स और हॉट स्टार पर देख सकते हैं इस साल आई में दस टीमें खेलेंगी उसका ऑप्शन जनवरी के पहले सप्ताह में होना है तो वो हम लाइव देख सकते हैं